फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ एक नया ट्रिक फायरवेन का तो इस ऐप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आप ओपन कर लेना तो अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे ये जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ जाके बना सकते हैं लेकिन मैंने बना रखी है तो मैं यहाँ पर लॉग कर लेता हूँ ये दोस्तों मैंने लॉग कर लिया है तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ये इसमें काम करती है डाइस वाले गेम में तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है डाइस में तो ये यहाँ पे नंबर नीचे चलते रहते हैं ये इसमें हमें कैस करना पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क आया है यहाँ पर कि कितने क्या मतलब कौन सा नंबर आने वाला है तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगाया पहला गेम खेल के दिखाता तो, हूँ मान लो मैंने लगाया यहाँ पे आएगा कि सेवेंटी से कम और मैंने यहाँ लगाया दस रुपये <coughs> अगर सेवेंटी से कम आया तो ये जो देख रहे होंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लायर आ रहे वन पॉइंट टू करके ऐड मनी ऐड हो जाएगा उसमें उतने पैसे मिलेंगे तो इसमें बहुत ही कम चांस होता है हारने का वैसे तो हम जीतते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको कि जीतता हूँ या नहीं जीतता मैंने 75 से कम आएंगे इसका मैंने प्रडिक्शन लगाया है इसमें तो अगर 75 से कम नंबर आया है यहाँ पर तो मैं जीत जाऊँगा कैसे आप दिखाता हूँ ये देखिए आपको मैं दिखा चुका हूँ कि मैंने दस रुपये लगाए थे और यहाँ पर टू पॉइंट फोर जो भी है पैसा मिला है मुझे यहाँ पे तो दोस्तों इसमें एक वो होता है कि अगर जितना ज़्यादा लगाओगे तो उतने पैसे कम मिलते हैं और आप जितना ऊपर लगाओगे तो उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसमें <coughs> देखिए ऊपर मल्टीप्लायर जो है ये कम होता जा रहा है अगर मैं फिफ्टी पर लगाऊँ या एक दो जो भी है यहाँ दस पे लगाऊँ तो देखिए कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यानी टेन इंटू फाइव हो जाता है यानी फिफ्टी जो भी है वो हो जाता है तो यहाँ पे आया था मैंने सेवेंटी सेवेंटी से कम पे लगाया था और यहाँ पे थर्टी फाइव आया था तो अब देखते हैं मैं लगाता हूँ मैंने पहले भी बताया था आपको इफ, अब मैं फिर सेवेंटी से कम पे लगाता हूँ एक बार अच्छा लगा नहीं पाऊँगा फिर भी काउंटर जो कम पे आया सॉरी ओवर हो चुका है अब क्या आएगा ये देखते हैं तो मैं लगा देता हूँ अब सिक्सटी से कम पे और दस रुपये ही लगाऊंगा ज़्यादा नहीं लगाऊंगा जिसमें मुझे पाँच रुपये मिलेंगे अगर सिक्सटी से कम आया अगर सिक्सटी से ऊपर आया तो मैं दस रुपये हार जाऊंगा इसमें लेकिन इसमें चांस कुछ ज़्यादा ही कम होता है हारने के और जीतने के चांस नाइन्टी होते हैं इसमें क्योंकि इतना तो कोई भी कैस कर सकता है कि कौन सा नंबर आएगा और कौन सा नहीं आएगा तो इसमें तो गैस कर ही सकते हैं कि 90 से कम आएगा या नहीं आएगा 70 से कम आएगा या नहीं आएगा 60 से कम आएगा या नहीं आएगा तो इसमें आपको खाली गैस करना पड़ता है अब देखते हैं मैंने 60 से कम पे लगाया अगर सिक्सटी से कम पे आया तो मुझे पैसे मिलेंगे वरना मैं हार दूँगा तो दिखाता हूँ मैं आपको ये देखिए सिक्सटी से कम आया है इसलिए मुझे मिला है फाइव पॉइंट इतना तो इसमें मैंने पहले भी कहा था आपको कि हारने के चांसेस बहुत ही कम हैं और कितना कम आया यहाँ पर तो फिफ्टी सिक्स आया ये फिफ्टी सिक्स तो मैं ये खेल गया इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये डाइस वाला एक ऐसा गेम है इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं हारने के अब बाकी ये जो मैंने गेम बताया आपको फास्ट पेरिटी इसमें थोड़ा ख़तरनाक सा गेम है ये भी और माइंड सुपर मैंने आपको नहीं बताया अगले एपिसोड में बताऊंगा और कभी लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ये डाइस वाला गेम सबसे बढ़िया रहेगा मैं एक गेम और खेल के दिखा देता हूँ अभी ओके okay. और ये जो है इसका रूल है <coughs> ये आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा तो ये आया 52 अब मैं लगाता हूँ 65 से कम आएगा ये लगाता हूँ मैं तो मैं अगर जीत गया तो 4.37 कुछ मिलेगा इसमें अब देखते हैं कोई 65 से कम आता है या नहीं आता <coughs> तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये गेम में है क्या और क्या नहीं है टू वन ज़ीरो देखिए फिर से मैं जीत चुका हूँ 4.37 रुपीस तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये ही डाइस वाला एक ऐसा गेम है जिसमें हारने के चांसेस बहुत टेन परसेंट है बहुत कम है यानी नाइन्टी परसेंट चांस जो है वो विनिंग के हैं मैं एक दो गेम और खेल के दिखा देता हूँ ये ट्रिक शायद आप सबको भी पसंद आए तो ध्यान से देखिए अब मैं लगाता हूँ टाइम काउंटडाउन डाउन दस पे आ चुका है मैं लगा नहीं सकता लेकिन मैं सिक्सटी पे लगाता अगर लगाता तो देखते हैं क्या होता है देखिए ट्वेंटी वन इस बार भी मैं जीता तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया इसमें टेन परसेंट हारने के चांस है और बाकी नाइन्टी परसेंट जो है वो हमारे विनिंग के चांस है इसमें हारना यानी एक तरफ से देखा जाए तो पॉसिबल है क्योंकि नंबर गैस करना हमारे लिए इसमें थोड़ा इजी रहेगा तो इसमें हम मैं आपको सब कहूँगा कि आप दस लगा सकते हैं सौ लगा सकते हैं लेकिन सौ से ऊपर ना लगाएँ कभी भी इतना वो ठीक नहीं है समझ सकते हैं तो मैं अब लगा के दिखाऊंगा आपको सिक्सटी सिक्स पे और अब मैं लगा ओह वो हो गया कोई नहीं <coughs> तो मैं अब लगा देता हूँ आखिरी बार इसके बाद आप एक बार खेल के देखिए अगर आपको बीस अच्छा लगेगा तो ठीक है आज इस बार मैं लगाता हूँ बीस रुपये ओके <coughs> तो इस बार मैं लगाया सिक्सटी सिक्स से कम आया अगर सिक्सटी सिक्स से कम आया तो मैं जीत जाऊँगा और मैं दिखा हूँ कि कितने रुपए जीतूँगा मैं <coughs> तो मैंने दोस्तों ये पोस्ट कर दिया था क्योंकि लाइन टाइम सेकेंड्स कुछ ज़्यादा ही होता है अब देखते हैं कि जीतता हूँ यानी ये देखिए फिर से मैं जीत चुका हूँ इस बार मैंने बीस रुपये लगाया तो मुझे आठ पॉइंट वन सेवन रुपीज़ मिला है ये आप देख सकते हैं तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिसमें हारना ना इम्पॉसिबल है तो, तो, तो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ये ट्रिक यूज़ करें और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए शुक्रिया एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना ना भूलें और हमने एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई है तो उसे भी फॉलो करें थैंक यू धन्यवाद